भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भोपाल संभाग की बैठक हुई जिसमें 2023 के चुनाव को लेकर कई चर्चाएं हुई बैठक में सभी जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी सभी विधायक सांसद सहित प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि बैठक में खास तौर से संगठन के काम को लेकर उनके जो आगामी अभियान है उनकी समीक्षा के साथ दो का आगाज हो चुका है उस पर चर्चा हुई बैठक में बूथ सशक्तिकरण के काम को लेकर प्रत्येक बूथ पर इक्यावन वोट शेयर को लेकर बात हुई शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान अभी चलने वाले बूथ कार्य विस्तार आरोप व्यापक चर्चा हुई और सुघोष अभियान और अन्य प्रकार के विषयों पर भी बैठक में बात हुई वहीं इस दौरान जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी सभी विधायक और सांसद सहित प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे खास तौर पर संगठन के काम आगामी अभियान है पिछले कुछ समय के अंदर के साथ दो हजार तेईस का आगाज की दृष्टि में तो से, से अभियान हमारा चलने वाला है तो उसके नाते से व्यापक चर्चा सुबोष का अभियान और कई प्रकार की जो चीजें उन सारी देशों का चार्ज वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं